शराब बुरी चीज है आओ इसे खत्म करें एक बोतल तुम करो एक बोतल हम करें एक बोतल हम करें